थ्री फिंगर वाले पे भी ये कंट्रोल बढ़िया लगेगा मोबाइल में भी मैं पोको थ्री प्रो में खेलता हूँ ये कंट्रोल बेस्ट एक वो है एकदम स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में तो ये वीडियो उन सब के लिए जो थ्री फिंगर फोर फिंगर फाइव फिंगर खेलते हैं अभी मैं फाइव फिंगर ही खेल रहा हूँ लेकिन मैं अभी सोच भी रहा हूँ कि मैं फोर फिंगर पे आ जाऊँ क्यों क्योंकि जब मैंने सोचा था ना जब मैं फोर फिंगर खेलता था तो मैंने सोचा था अगर फाइव फिंगर खेलूँगा तो मेरा मोवमेंट थोड़ा तेज़ हो जाएगा ठीक है जो स्टीक मैं ऐ करके लाऊँगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता डोमस्टिक की मोमेंट उतनी ही देख जितना आप हिलाओगे मतलब कि अंगूठा हिलाओगे तो जो कहीं फोर फिंगर खेलते हैं वो फोर फिंगर पे ही रहे फाइव फिंगर मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो फाइव फिंगर खेलते हो ज्यादा प्रो होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग फोर्थ फिंगर खेलते हो आप प्रो हो आप प्रो हो आप सोच लो बस प्रो ही हो मैं भी फाइव फिंगर पे ही फोर फिंगर पे ही फाइव फिंगर से तो गाइज मैं आपको कंट्रोल भी बताऊंगा इसमें मैं अभी ये वाले रिसेंटली मैंने फाइव फिंगर के लगा रखे हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ तो मतलब आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आपको करना क्या है क्या है मतलब कि अगर आप सोचते हो कि फाइव फिंगर पे आ जाऊँ तो आप नतीजा मेरा देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल दिखा भाई कंट्रोल कुत्ते हाँ दिखा रहा है दिखा रहा है तो कंट्रोल फाइव फिंगर के हैं तो जंप वाला जो बटन है गई देखो मैंने इसको छेड़ दिया था उसको मेरा मतलब मेरे को चार पाँच दिनों हो गया उस पर अभी हाँ हाथ बैठा नहीं है अभी मैं इसको राइट में मतलब कि जहाँ मेरा पहले था मैं उसको वहीं करूँगा अभी तो आप लोगों ने मतलब कि करना क्या अगर फाइव फिंगर पे स्विच होना है आपकी मर्जी है देखिए मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा अगर आपको ठीक है अगर लगता है जहाँ तक मैं बोलूँगा देखो मत ही आना अगर मोबाइल पर खेल तो फोर फिंगर बेस्ट है फोर फिंगर बेस्ट है तो अभी मैं दोबारा फोर्थ फिंगर पे स्विच कर लिया मैंने अभी समझाता हूँ उसका फोर्थ फिंगर का मतलब कि मैंने जो जंप वाला बटन आ रहा था जो मैंने बोला था राइट में करूँगा तो उसको मैंने राइट में कर लिया है आप तो देख सकते हो तो जंप वाला बटन को छेड़ने की तो जरूरत है नहीं मतलब कि जहाँ पे हाफ का हाफ टिका नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है प्रॉब्लम होती है मतलब कि हाथ से बैठता नहीं है एक हफ़्ता लगा लो दो हफ्ता लगा लो लगातार आपको यही प्रॉब्लम करेगा तो जंप वाला बटन ना छेड़ो मैंने जहाँ पर जंप वाला बटन पहले था उसको वहाँ कर लिया फोर्थ फिंगर मैंने पूरी इसको क्लो को सेट कर लिया है पूरा कंट्रोल सेट कर लिए फोर फिंगर के बस जो आपको पहले पे अभी मैंने फाइव फिंगर वाला कंट्रोल दिखाया था ना बस मैंने जंप वाला बटन छेड़ा है उसको मैंने राइट में कर दिया अब देख सकते हो जहाँ पहले था उसको मैंने वहीं कर दिया ताकि मेरा हाथ मतलब कि वहीं पे बैठ जाए जहाँ पे पहले था तो फोर फिंगर सजेस्ट करूँगा बढ़िया है फोर फिंगर आप ट्राई करो एक दो दिन प्रैक्टिस करोगे ट्रेनिंग ग्राउंड में करूँ टीडीएम वगैरह खेलोगे बेस्ट है थोड़ा मतलब कि अगर जल्दी प्रैक्टिस करनी है टीडीएम आपको दिन में तीन चार बारी लगातार खेलने पड़ेंगे जब भी आप मैच स्टार्ट करते हो तभी आपका हाथ बैठेगा तो सजेस्ट करूँगा फोर फिंगर बढ़िया है देखो बाकी आपकी मर्जी है ये कंट्रोल्स लगाओ फोकेस थ्री प्रो मतलब कि जो आजकल के जो डिवाइस आते हैं सिक्स इंच की स्क्रीन वगैरह फुल स्क्रीन वगैरह होती है जिनकी उन पर कंट्रोल्स हाथ भी आराम से बैठ जाते हैं कि प्रॉब्लम इतनी नहीं होती तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में ओके okay, बाय